तू ने काजल रात हो गयी हो तू ने काजल लगाया दिन में रात हो गई मिल गए नैना से नैना क्या बात हो गई दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई वो दिल ने दिल को मुलाकात होगी